प्रमुख समाजशास्त्री और उनकी अवधारणें मैक्स वेवर उन्होंने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान माना है कार्ल मार्क्स मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है पैरेटो इन्होंने भान तर्क की अवधारणा का प्रतिपादन किया और कहा कि सत्य की खोज करो चाहे वह स्वर्ग हो या नर्क कार्ल बटन समाजशास्त्र को एक लचीला विज्ञान कहा है शैरोन भान की उस मौसमी चिड़िया के समान है जो अवशेषों की हवा की दिशा की तरफ मुड़ जाती है दुर्खिम दुर्खिम ने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया है मटन और पार्शंस प्रकारात्मक उपागम से संबंधित हैं दुर्खिम विश्लेषणात्मक संप्रदाय के कट्टर समर्थक थे तथा समाजशास्त्र के विषय के पहले प्रोफेसर थे स्पेंसर स्पेंशर ने अपनी पुस्तक का नाम सोशोलॉजी सर्वप्रथम रखा